बाकी उनको बता दो बेटे बेटे वालेकुम अल मैं ठीक हूँ बेटे अलहमदल वालेकुम असलम मैं ठीक हूँ आप लोग ठीक हो सब खैर खैरियत से हो वालेकुम असलम तो आपकी क्लास कोई नहीं हुई पहले कोई स्किप हुई है क्लास या टाइम टेबल चेंज हो गया क्या हुआ आज आप लोग पहले ही बिजी फ्री हो गए हो बेटे अच्छा अच्छा सिर्फ यानी आज का मसला है मैंने कहा शायद हम ठीक है बाकी बच्चे आ रहे हैं वालेकुम असला अच्छा जी लेक्चर बैठे देखा था आप लोगों ने चलो पहले ये बताऊ ना लेक्चर देखा था ओके अच्छा ठीक है थर्टी हो जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन हो गए हैं गुड थर्टी में थर्टी हो गए बिस्मिल रही सो मैंने आपको एक लेक्चर भेजा था मैंने वैसे भेज दिया आपको आज कल और परसों जो भी मेरे लेक्चर्स हैं मैं पहले भेज भेज दिए हैं कि जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो आगे कभी देख ले दोहराई बेहतर ही होती है नुकसान ही होता है तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वेरियस ब्लड प्रेशर इसका नाम है इस लेक्चर का इसमें हम चार किस्म के ब्लड प्रेशर्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं और uh, वो कैसे आपस में डिफरेंट होते हैं ठीक है अगेन क्योंकि बेटे मैं जब वीडियोस भेजता हूँ तो वो वीडियोस बड़ी डिटेल्ड होती हैं ठीक है ना तो उसमें मेरी दानस में तो कसर कोई रहती नहीं है तो आइडियली uh, मैं एम के बच्चों से भी बात कर रहा था कि आइडियली तो ये हो कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ लाइव करें वो पढ़ लिया करें और क्वेश्चन आंसर्स करें आ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से ना एक आदत होती है बच्चों को कि उनको पहले आ, एक फ़ेस टू फेस थोड़ा सा गाइड किया जाए पढ़ाया तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है गाइड ही करना मेअल बेहतर है गाइड किया जाए और उसके बाद अगर उनके कुछ सवाल वगैरह हैं तो वो उसको देख लिया जाए ठीक है तो इस सिलसिले में लेक्चर uh, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है uh, और मैं स्टार्ट करूंगा स्लाइड नंबर थ्री से स्लाइड नंबर थ्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे मैं बात कर रहा हूं आर्टीरियल पल्स प्रेशर पल्सेशंस की ठीक है ना और उसमें ग्राफ दिया हुआ है ग्राफ बहुत अच्छा है अगर आप गौर करें उस पर उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट किया हुआ है और फिर आर्टरीज आरटी वेलकम बैक आर्टरीज आर्टीरियोल्स फिर विनियोल्स और वेंस तो पूरा उसने बताया है कि प्रेशर कैसे कैसे चेंज होता है पहले मैं आपको वैसे एक एक अनाउंस कर दूं कि जब आर्टरीज में ब्लड हिट करता है तो वो पल्सटाइल होता है ये बात हमने पहले भी की है कि ज़ाहिर है जब हार्ट पंप करता है रिलैक्स करता है पंप करता है रिलैक्स करता है पंप करता है रिलैक्स करता है ठीक है जब वो पम्प करता है तो वो ब्लड फेंकता है आर्ट्रीज़ के अंदर जब आर्टरीज के अंदर अचानक ब्लड आ जाता है तो आर्टरीज भी पहले डायलेट करती हैं ठीक है और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो डायस्ट्रिकेशने तो की यह है कि हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन वाली साइकिल की वजह से आर्ट्रीज में भी एक उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ रहता है ठीक है बेटा एक सेल्ड करना दफ्तर से एक डाक आइए मैंने बस एक साइन करना है जस्ट होल्ड लाइन ये बैग बैग दो, हम्म, चल, सॉरी तो हार्ट की पंपिंग की वजह से आ, आर्टरीज में भी ना पल्सटाइल फ्लो रहता है पल्सटाइल से क्या मुरादा है पल्सिस में आता है ब्लड यानी फेजेस में आता है फेजेस में सो जब सिस्टली में ब्लड फेंका जाता है आर्टरीज में तो आर्टरीज का वो फेज़ एक सिस्टली का आ जाता है ठीक है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं वो आर्टरीज़ का डायस्टली का फेज़ होता है कहने का मकसद ये है कि अगर आपने आर्टरी में ब्लड फ्लो को महसूस करना है तो आपको लगेगा कि ये आ, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव होगा इसमें इसे पल्सटाइल फ्लो कहते हैं ठीक है ठीके? बेटे जैसे जैसे आप सर्कुलेशन में नीचे आओगे आर्टेरियोल्स तक आओगे आर्टेरियोल्स तक आपको पल्सटाइल फ्लो मिलेगा बिकॉज ऑफ वट आई जस्ट डिस्क्राइब हार्ट का इंफ्लुएंस होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्सेशन वो सारा आर्टीरियोल के बाद आपको ठे... में आ जाएगा मामला एक ठहराव आ जाएगा मामले में फ्लो में पहले जो इस आर्टीरियल आर्टीरियोल से ऊपर पल्सटाइल फ्लो होगा आर्टीरियोल से नीचे और कपिलरी में खास तौर पर और आगे वेंस वगैरह में स्मूथ फ्लो होगा स्मूथ फ्लो होगा ठीक है तो इसको कंटिन्यूस फ्लो भी कहते हैं तो स्लाइड में कंटिन्यूस का नाम है या स्मूथ फ्लो कह लें तो ये है ठीक है सो तो एक पल्सटाइल फ्लो होता है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया और एक कंटिन्यूस फ्लो होता है टिश्यू को कंटिन्यूस फ्लो चाहिए टिश्यू को अगर आप पल्सटाइल फ्लो करेंगे तो याद रखें कि गड़बड़ वेलकम बैक टिश्यू को स्मूथ ब्लड आना चाहिए अच्छा बेटे फिर हम क्या क्या करें वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी नहीं बेटे को समझ आता है। ये एक आध बच्चे की बात है या मिनहसुल कौम ये इशू है आ रहा है ओके। मसला ये है कि हमने जब वोटिंग की थी तो वो आपने तो शायद बाद में नहीं देखा मैंने तो उसको देखा है वोटिंग में ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो यूट्यूब को पड़े आप कहते हैं तो आप लोग तो बकायदा प्लान बना के आए हैं भाई अच्छा ज्यादातर बच्चे YouTube पे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मेनोरिटी में हैं तो आई विल लिसन टू यू आप बात करें अच्छा एक काम कर लेते हैं फिर ठीक है ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन जो बात मुझे इसमें जो जूम वाले बच्चे हैं मैं उनसे मुखातिब हूं जो अच्छा अच्छा ठहर जाओ ठहर जाओ इस मसले को सुलझा देते हैं बेटा ये कोई मसला कश्मीर नहीं है जो सुलझ ना सके सुन लो पहले एक काम करो शाम को ना कोई जगह आपस में एक दूसरे से मिलो और कुश्ती करो जो कुश्ती में जीते ना वो फिर बताएगा कि क्या करना चाहिए ठीक है अच्छा ठीक ठीक मेरी सुन लो के बात चलो मैं वेट करता हूं जब तक तुम मेरी बात सुनने के लिए रखामोशी इख्तियार नहीं करते। चुप हो जाओ ओके थैंक यू चुप ही नहीं हो रहे बच्चे अच्छा अब मैं जूम वाले बच्चों से मुखातिब हूं अब यूट्यूब वाले जरा चुप हो जाए तो जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो जूम पे हैं वो क्यों नहीं समझ जाते आप नहीं बेटा वो जूम का भी रिकॉर्ड हो जाता है वो कोई इशू नहीं है रिकॉर्डिंग दोनों में हो जाती है अवेलेबिलिटी वो मेरा काम है ना मैं आपको अवेलेबल दोनों कर दूंगा मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दो अनीसा बेटे बच्चे जो हैं इस वक्त तो एहतजाज कर रहे हैं ठीक है ना वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है आपके पूरा राइट है आप पूरी बात करें आपके लिए तो ये सारी जदोजहद हो रही है ठीक है ना आपको अगर समझ नहीं आती तो ये मेरा कंसर्न है और मैं उस कंसर्न को एड्रेस करूंगा तो ये लेक्चर कर लेते हैं ठीक है इस लेक्चर को मैं ऐसा करता हूँ शॉर्ट कर लेता हूँ ठीक है लेकिन कल का लेक्चर पर मैं थोड़ा सा लंबा लूंगा ठीक बिल्कुल टिप पे ठीक है ठीक है एक काम करते हैं अभी सुन लो मेरी बात अभी हम थोड़ा सा कवर करते हैं इसको ताकि हमारा टाइम ज्यादा ठीक है और कल का इलेक्शन में थोड़ा सा लंबा लूंगा आज शाम को मैं दोबारा से एक वोटिंग कराऊंगा और वो सिर्फ आप लोगों के लिए होगी ठीक है उसमें बी एस वालों को मैं नहीं सिर्फ आपके लिए होगी वोटिंग कर लेते हैं उसके बाद मैं उसके बाद भी सुन लूँगा अगर आपकी कोई जैन बात होगी मुझे कोई इतराज नहीं है मुझे जूम पे भी उतनी कंफर्ट है मेरी बल्कि जूम पे मैं उसको एनोटेट कर सकता हूँ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके साथ मैं कर सकता हूँ ठीक है तो ठीक है अब अब इस इस डिस्कशन को फ़िलहाल अभी छोड़ देते हैं ठीक है वना टाइम ज़ाया होगा बेटे अभी ये कर लेते हैं जो इस वक्त अभी इस तो आप लोग इधर हो ना ठीक है ना तो इस बात को अभी करते हैं ठीक है मुझे सी आर आ, तहरीम मुझे प्लीज याद कराना बेटे कि मैंने वो वोटिंग वाला काम करना है आज आपकी क्लास के लिए ठीक है ये आपको मुझे याद कराना है अच्छा जी तो अब बात ये हो रही है आर्टेरियल पल्सेशंस की कोई बात नहीं बेटे आपके लिए है लेक्चर कोई मसला नहीं ऑलवेज वेलकम तो आर्टीरियल प्रेशर पल्स क्या होती है प्रेशर पल्स सिंपली ये होती है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिर्फ ब्लड को फेंकता नहीं है एटा में और फिर वो आगे उसकी तरसील होती है बल्कि वो एक प्रेशर वेव भी जनरेट करता है इस, इस आप इस तरह से कर रहे कि आपके पास आ, एक धागा है जिसका दूसरा सिरा दीवार पे आपने चिपकाया हुआ है और एक सिरा आपने हाथ पकड़ा हुआ है और धागा कर इलास्टिक कर लें चले इसको इलास्टिक है इलास्टिक है हल्का सा आपने तुना है अब आप इसको ऐसे करके ना झटका देते हैं ऐसे करके झटका देते हैं ऐसे ऐसे या कपड़ा है कपड़ा अपनी अपनी बहन को पकड़ाएं कपड़े का दुबट्टे का एक सिरा और दूसरा दुपट्टे का एक सिरा आप पकड़ और उसको ऐसे ऐसे करें तो उसमें लहरें आएंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लहरें आएंगी बिल्कुल वैसी लहरें जो है ना वो आर्टरीज में वॉल्स में आ, आ रही होती हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आ रही होती हैं जब सिस्टली और आर्टरी में हो रही होती है ठीक है जब हार्ट ब्लड को पम्प करके आर्टरीज में डाल रहा होता है तो आर्टरीज की वॉल में बिल्कुल वैसे ही वेव्स बन रही होती हैं जिस तरह मैंने दुबट्टे की आपको भी एग्जाम्पल दिए कि अगर आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे दुबट्टे को ऐसे से करेंगे तो उसमें वेव वेव जनरेट होगी ठीक है तो ये इसे कहते हैं आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन ठीक है और ये वही बात है थोड़ी सी बाल की खाल उतर जाएगी जो ब्लड का फ्लो है वेव जो वॉल में है वो उससे थोड़ी सी आगे होती है ये मुझे वैसे जरूरत नहीं थी कहने की लेकिन uh, कोई इतनी जरूरी बात भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बारीक बात है कि फ्लो से थोड़ा सा आगे होता है वो प्रेशर पल्स इट बल हमने पल्स और कंटिन्यूस फ्लो की बात कर ली हमने यही बात कर ली कि आर्टेरियोल्स के एंड तक ठीक है yeah. मेरी तस्वीर बेटा वो कंसिस्टेंटली आ रही है शेड में चेंज तो नहीं होता लाइट में चेंज तो नहीं होता होता है। तो मैं खाले पीछे लाइट ज्यादा है ना तो कैमरा कोई बार बेचारा परेशान हो जाता है चलो कोई नहीं आवाज तो आ रही है ना बस ठीक है सो so, बस जो मेन बात है वो ये समझने वाली है कि आर्टीरियोल से ऊपर ऊपर फ्लो जो है वो पल्सटाइल होता है और आर्टीरियल होता है एक पॉइंट नंबर टू पॉइंट वाला है टिश्यू को कंटिन्यूस ब्लड फ्लो की जरूरत है तो यह आपने करना ही करना है ठीक है एक्स आ जाते हैं जो चार प्रेशर्स हैं ठीक है इस पर हम आज एक तायराना ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद इसकी डिटेल हम कल भड़काएँगे ठीक है कल आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना है सी आर अगर आपका कोई लेक्चर स्किप होता है कल तो मुझे प्लीज़ बता देना ठीक है और आ, मैनेज करके न, हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा करके तो आज वाला जो बिट है ना वो भी कल कर लेंगे जूम और वट एवर जूम पे कर लेंगे जैसे आप लोग आपस में मशवरा करके आप लोगों ने मोटिंग करनी है ठीक <coughs> <coughs> है सो so, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक <coughs> ओके सॉरी गले में कुछ फंस गया था जी जी मैं ठीक हूँ बेटा वो सॉरी कभी बार ऊँचू लग जाता है तो वो हो गया था कोई बात नहीं आजकल मौसम भी बड़ा अजीब है ना ड्राईनेस वगैरह बहुत है एनी हो पानी ज़्यादा पिया करो ठीक है और आ, आ, क्या कहते हैं गरारे और नाक में ना पानी डालते रहा करो बहुत ज्यादा ड्राई वेदर है एनी हो बात ही हो रही थी सस्टोलिक डाइस्टोलिक मीन और पल्स फ्रेशर ठीक है सिस्टोलिक so, प्रेशर क्या होता है <coughs> अब बात ये है बेटा जी गौर से सुनने वाली बात है वो ये है कि सिस्टोलिक प्रेशर आपने आज वेलकम बैक मेरा सवाल था मैं रिपीट कर देता हूं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमने अभी तक हार्ट में पढ़ा है ऐसा ही है ठीक है ना ठीक है। अब जो हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पढ़ने लगे हैं ना वो सर्कुलेशन का है बुनियादी तौर पर आर्टेरियल ट्री का आर्टरीज का ठीक है तो वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में थोड़ा सा फर्क है ठीक होगी बात जो आर्टेरियल जब हम कहते हैं ना जब आ, आप ब्लड प्रेशर लेते हैं किसी का तो आप कहते हैं जी ऊपर वाला वन है नीचे वाला एटी है ऐसा ही है वो 120 बाई 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है आर्टीरियल ट्री का आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है जिसका मैं अभी आपसे बात, बात कर उतार चढ़ाव आता है, है चढ़ाव जो होता है वो वन ट्वेंटी तक जाता है और उतार जो होता है, तक जाता है। ठीक है यह चीज हार्ट से कनेक्टेड जरूर होती है लेकिन एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होती अब उसकी एक वजह है जो अच्छे बच्चों ने जो कवर किया हुआ है दोराइयाँ अगर की हैं रिवीजन की है तो उनको समझ में आ जाएगा हार्ट की जो सिस्टली है वेंट्रिकल की उसी दौरान ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में कर, चेंज होता है यानी जाता है यस वो तो आर्टेरियल ट्री की सिस्टली करा देता है तो हम ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल की सिस्टली और जो आर्ट्रीज़ की सिस्टली है वो लिंक्ड है कनेक्टेड है ये बात ठीक है मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यस ओके हाउ जो डायरेक्टली है वहां पे चेंजेस आ जाते हैं कैसे अब एक और सुनने वाली बात है. और अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो फिर आपको समझ में आ कि मैंने उधर भी यही एम्फरसाइज किया डायस्टली के दौरान हार्ट क्या करता है अपनी डायस्टली के दौरान रिलैक्स करता है वेंट्रिकल फिलिंग हो रही होती है ना डायस्टली की हमने वो तीन फेजेस पढ़े थे जिसमें फिलिंग हो रही होती है तो हार्ट तो रिलैक्स कर रहा होता है डायस्टी के दौरान ऐसा ही है आर्टरीज जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो कर रही होती ये बात समझने वाली है सर ठीक है मैं इसको अब रिपीट करने लगा हूं लेकिन एक दूसरे तरीके से रिपीट करने लगाऊ चलो चलते हैं और आर्टरी में बैठ जाते हैं जाके कुर्सी लगा के हैं आर्ट्री में कुर्सी लगा ली आपने बैठ गया ठीक है अब सिस्टली हुई सिस्टली में आपने देखा एयोटिकल्व वैल, धड़ाम से खुला लेकिन हमने नजर रखी हुई है कि वो क्या हो क्या रहा है नीचे ठीक है हम ऊपर है तो एयोटिक वेल्व अचानक धड़ाम करके खुलता है और धाड़ करके ब्लड आ जाता है एटा में ये तो हो गई सिस्टली किसकी एटा की या आर्टीरियल ट्री की यस तो आप क्या देखते हैं हम बल्कि सब बैठे हैं पूरी क्लास जो है वो एयोटा के अंदर हो रही है कैसी मजदार क्लास है सर्कुलेशन की क्लास है सर्कुलेशन के अंदर बैठ के हो रही है ठीक है हम क्या देखेंगे बेटे कि अचानक ये जो ब्लड का एक गोला सा एोटा के अंदर साधकेल दिया गया है इससे एटा खिंचा है खिंच पड़ी है हल्की सी डायलेशन हुई है यही देखेंगे हम तो आर्टेरियल सिस्टली के दौरान जो आर्टरीज़ हैं वो खिंचती हैं उनका डायमीटर चौड़ा होता है वो डायलेट करती हैं डायलेट क्यों करती हैं कोई सवाल कर सकता है भाई डायलेट इसलिए करती हैं ताकि वो इस इस गोले को इस बोलस को इस इस ब्लड का जो एक कैनन सा आया हुआ है इसको अकोमोडेट कर सकें अगर वो चौड़ी नहीं होंगी तो उन पर स्ट्रेस आएगा वो टूट तो नहीं सकती लेकिन उन पर स्ट्रेस आएगी वो चौड़ी होकर उस इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं काफ़ी हद तक वह एब्जॉर्ब कर भी लेती हैं वो कहते हैं ना दरख्त जो है वो तना रहे अगर तो टूट जाता है हवा के प्रेशर से जो झुक जाए वो नहीं टूटता ठीक है तो अगर आप एक ऐसी ट्यूब लेंगे जो के डिस्टेंडेबल हो और उसमें इस तरह की हरकत करेंगे कि अचानक वॉल्यूम छोड़ेंगे तो वो डिस्टेंड होके उसको अकोमोडेट कर लेगी प्रेशर को जरा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी अगर आप एक रिजिड ट्यूब लेंगे वो फिर इवेंचुअली टूट जाएगी प्रेशर में समझ आ गई बात तो क्योंकि आर्टरीज़ जो हैं वो डिस्टेंडेबल हैं फ्लेक्सिबल हैं तो वो डिस्टेंड होके इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सिस्टली के दौरान आर्टेरियल ट्री में आर्टरीज में सिस्टली के दौरान डायलेशन होती है यही आपने मुशायदा किया होगा जब हम सर्कुलेशन में बैठे हुए हैं तो ठीक है अब क्या होगा अब ये होगा कि जब आप देखेंगे कि यार आर्ट तो अब ठंडा पड़ गया रिलैक्स हो गया यस और रिलैक्स हो गया है और बस अब अब उधर से कोई ब्लड आ नहीं रहा मजीद अब क्या होगा अब आप जब वॉर करेंगे आर्टरीज पे ऐसे करके तो आपको महसूस होगा कि आर्टरीज अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं अंदर आ रही हैं वो जो ठक करके फैली थी उनके अंदर स्मूथ मसल लगा हुआ था आर्टरीज के अंदर वॉल के अंदर स्मूथ मसल होता है ना तो स्मूथ मसल को यह बात को ज़्यादा वैस्कुलर कम्प्लाइंस बिल्कुल ऐसा ही मैं वही बताने की जैसी में कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप झटके से स्मूथ मसल को स्ट्रेच करेंगे तो क्या करेगा एज अ रिस्पॉन्स क्या करेगा बेटे चलो समरीन या जो भी नाम था बच्चे का क्या नाम था इसका शहर बताओ स्मूथ मसल को अगर आप अचानक स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या हरकत करेगा बिल्कुल रिफ्लेक्सली क्या करेगा रिकॉयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो उस स्ट्रेच को रिजिस्ट करने की कोशिश करेगा वो बुरा मान जाएगा नहीं डिस, डिस्टेंड तो बेटे हो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना डिस्टेंड हो डिटेंड तो हमने उसको कर दिया सस्टली के दौरान तो अब वो बैक टू पोजीशन आएगा बिल्कुल कोमल ने सही अल्फाज का चुनाव किया अब वो वापस उसी पोजिशन पर आएगा उसको एक बात को ज्यादा पसंद नहीं आई कि आपने उसको हमें जगा दिया अचानक स्ट्रेच कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जगह पर वापस आएगा बेटा जी ये जो हरकत आपने अभी देखी मुलायजा की यह है आर्टरी का डायस्टो डायस्टली आर्टरी की डायस्टली इसको कहते हैं हार्ट की डायस्टली कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जगह पे आने को आर्टरी की डायस्टली कहते हैं तो सिस्टली के दौरान वो चौड़ी होती है और डायस्टली के दौरान वो वापस अपनी जगह पे आती है ये फर्क है यस थोड़ी सी और बात करना तो स्लाइड नंबर फोर पे है देख लेना बाद में यह भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको आपको रिलेट कर लेना की मैं कौन सी स्लाइड की बात कर रहा था जब वो गोला तो उस गोले ने दो जगह प्रेशर डाले थे एक तो वॉल्व मैं बार बार रिपीट कर रहा रूं कि उसको डायलेट करता है खेचता है खिंच पड़ती है उसको तो लैटरली वॉल से प्रेशर जाता है यस? Yes? और एक प्रेशर बहरहाल वो फॉरवर्ड की सिमत में लगाएगा जिससे ब्लड फ्लो करेगा ये तो लॉजिकल बात है ना तो मि मिसाल के तौर पर वो जो, जो ब्लड का वो जो भी है हाँ ब्लड यानी एक तो वो फॉरवर्ड की तरफ भी प्रेशर उसका लगेगा कुछ डायरेक्शन बनेगी और कुछ प्रेशर उसका वॉल्स पर लगेगा यह बात समझ में आती है ओके okay. गुड तो जब सिस्टली होती है तो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में वायरल होता है ये नहीं होता कि सिर्फ वो वेसल के वॉल को डायलेट करने में ही सारी ही लग जाती है नहीं ऐसा नहीं होता दोनों सिमथ में दोनों जगह प्रेशर लगता है वॉल्स पे भी लगता है जिसको ब्लड प्रेशर फिर की तरह पे आप रीड करते हैं और बहरहाल फ्लो के लिए भी वो प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है दोनों दोनों मसलों को हल किया जाता है हाउ जब हार्ट रिलैक्स कर जाता है जब हार्ट रिलैक्स करता है अपनी डायस्टली में तब फ्लो कौन करवाता है आर्टरी में आर्टरी को तो नहीं ना पता आर्टरी को क्या पड़े कि जी हार्ट सिस्टली में है में आर्टरी तो ये चाहती है कि मैंने तो फ्लो करना है मैंने तो ब्लड को आगे शराब करना है टिश्यू को तो नहीं ना टिश्यू को केयर तो नहीं है ना कि भाई क्या है क्या नहीं है टिश्यू को तो ब्लड फ्लो लगातार चाहिए तो अब आप में से कोई जवाब देगा मुझे आपको जान बुझे करने की कोशिश कर रहा हूं कि वेंट्रिकल डायस्ट्री के दौरान आर्टरीज में ब्लड फ्लो कौन करवाता है सिस्टली के दौरान तो समझ में आती है बात डायस्टी के दौरान ये कैसे होता है और बच्चे अरीज आपके एफ में कितने मार्क्स है बैठे किधर चले गए हो साथ थोड़ी कसर है ग्यारह सौ में से? ठीक गुड। हाँ जी नहीं वो बेटा अरीज का आर्ट बात ठीक है बिल्कुल ये जो हमने मैंने जो कॉन्ट्रेक्शन का जिक्र कर रहा था ना जो मैं आर्टीरियल ट्री की डायस्टरी के दौरान जिस कॉन्ट्रेक्शन का जिक्र कर रहा था वो जो वापस अपनी जगह आया है ना उस वापस अपनी जगह आने से भी पुश मिलता है ब्लड को तो वो ब्लड डाइस्ट्री के दौरान आर्टरी की ठीक है ये अब सेकेंड लास्ट बात मैं कर रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जब ब्लड आता है आर्टरी में तब वो उसको डिस्टेंड भी करता है और वो फॉरवर्ड फ्लो भी करता है ये उसकी सिस्टली उसको हम कहते हैं ये सिस्टली में है इस वक्त आर्टरी सिस्टली में है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवरेज 120 ट्वेंटी होता है ठीक है आर्टरी की डायस्टली के दौरान क्या होता है कि वो जो डिस्टेंडेड पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जगह में वापस आता है तो डायस्टली के दौरान भी ब्लड फ्लो जो भी होता है उसकी उसको इंश्योर किया जाता है वो जो ब्लड फ्लो होता है वो कम प्रेशर पे जरूर होता है लेकिन होता है और वो क्यों होता है वो इसलिए भी करके वो जो वहाँ पे ब्लड है वो उसको और मजीद पुश कर रही है ठीक है तो दोनों सूरतों में ब्लड जाता है हाउवेवर सिस्टली में क्योंकि वन ट्वेंटी है और डायस्टली में जरा कम तेज जाता है एटी है दोनों सूरत हाल में अब आपको सिस्टली डा, डा, और डायस्टली आर्टीरियल ट्री की समझ आ गई तो फिर हम आखिरी बात करके अल्लाह ये क्या हो गया बताओ बाकियों को अच्छा सही बच्चे जुबाती हो जाते हैं ठीक है ओके okay जनाब अगर समझ आ गया तो वेरी गुड इसके बाद पल्स प्रेशर क्या होता है पल्स प्रेशर सिंपली सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर बस नथिंग एल्स सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को अगर आप माइनस कर दें तो ठहर जाओ अटेंडेंस ठहर जाओ तो पल्स प्रेशर आ जाएगा इन दोनों को सप्रैक्ट करने से ठीक है मीन आर्टीरियल प्रेशर में हम कल बात करेंगे ब्रीफली मीन आर्टीरियल प्रेशर इज एन एवरेज प्रेशर एवरेज प्रेशर ठीक है ये हम कल बात करेंगे अच्छा चलो अब ये आज का खत्म कर लिया खत्म अब एक दो अनाउंसमेंट्स हैं वो सुन लो इससे पहले कि अटेंडेंस लगाए नंबर वन शाम को वोटिंग होगी मुझे सीआर याद कराएगी तो हम शाम को वोटिंग करेंगे इनफैक्ट मैं अभी अभी डाल देता हूँ इसी के बाद फौरन डाल देता हूँ ताकि आप वोटिंग करना शुरू कर दें आप लोगों ने डिस्कशन करके रखनी है आ, सब सबका बेटा देखना सबकी सहूलत देखना आपस में ना एक कंसेंसस डेवलप करो आपकी क्लास माशाल्लाह अच्छी है ठीक है आपस में बात करके जो सबके लिए अच्छा हो ना वो करना ठीक है दो लेक्चर्स मैंने भेजे हैं आ, मैंने वो दोनों लेक्चर्स ही कर लेने हैं वो दो लेक्चर्स इस तरह से डिवाइड होगा कि उसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं आपने पढ़ने दोनों हैं ठीक है थीके? लेकिन मैं उनमें से चंद टॉपिक्स जो एग्ज़ैम ऑनडे व्यूज़ से ज़रूरी हैं वो करवाऊंगा ठीक है वो, वो मैं कल आपको समझा दूंगा इसमें से सिर्फ अब मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो मीना टीरियल प्रेशर है उसके बाद हम वो दो जो लेक्चर्स का रिव्यू करेंगे एक ही सेशन में चाहे वो जूम पे होगा चाहे वो यूट्यूब पे होगा वो आ, वो आप लोग ही डिसाइड करेंगे ठीक है तो अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा और आ, अब आप वो लगा दें टेंस लगा हो गए बेटे सब ओके बेटा मैं अलग करवाऊंगा ठीक है बेटा ठीक ओके जी अल्लाह हाफिज्ला अच्छा नहीं अभी टेनिस लग रही है सीआर आप मुझे बता देना जब टेनिस लग जाए सारी सारे बच्चे लगा लें टेक केयर असल